स्वागत है आप सभी का मैं प्रवीण साहब बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस डॉट कॉम आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आईबीसी बी के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता हो होती है पहले आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक पासबुक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और जो आईबीसी को ऐसा ई पे ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए सिक्स मंथ बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता हो होती है अगर आपको आई बी को लेकर बहुत सारी क्वेश्चन आ रही है आपके मन में तो कॉमेंट सेक्शन पर अपना क्वेश्चन आप लिख सकते हैं और मुझे या फिर आप मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं थैंक यू